एक बात बताओ तो यादों में वरते हो तो क्या तुम हमसे मोहब्बत करते हो एक बात बताओ तो यादों में वरते हो तो क्या तुम हमसे अपनी मोहब्बत करते हो तुम सिखे